तो हेलो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसके में आज हम आज हम फ्री के के साथ चलिए शुरू करते हैं आज हम खेलने वाले फ्री फायर रैंक मैच प्लेयर के साथ शुरू करते।, करते हैं स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के आ गए मैदान में क्लेसॉट्रैंक खेलेंगे आज हम चलो थोड़ा घो कल लिया जाए थोड़ा इधर थोड़ा उधर बस दो सेकेंड और चल देंगे हम भी लाशों के ढेर लगाने सबकी पेटियां बना देंगे अरे भाई काट ढग गया सामने बंदा लग जा अरे यार ये लोग नहीं हुआ दूर लग रहा है बहुत दूर है यार अरे लग जाने नहीं लगा यार लगता है घूम के जाना पड़ेगा उनके पास चलो कोई नहीं घूम घूम के चले जाते हैं इधर आ गए होंगे इतने तो कहाँ हैं अरे और, गी, और, गी, और गी। ये, ये, तो, तो ये यह अरे भाई यार तेरा पे नौ अच्छा की चोरी हो गया मेरे से। चलो ये तो बेबर हो गया एक और अरे गोलियाँ लगती नहीं यार एकदम एक और तो। बहुत ख़राब यार कोई नहीं जी ए टी उठा लेते इससे लगी कि इसको चलो कोई नहीं बंदा कहाँ और ही और है मर जा मर जा मर जा यार मर जा अरे मेरे को पीछे से मारा यार मरा नहीं मर जा मर जा मर गया अब पीछे वाला कौन था उसको देखना पड़ेगा कहाँ है और ऊपर है चलो कोई नहीं मिटकिट लगा लेते हैं साथ से एक मेडी मार लेते हैं फिर देखते हैं उसको भी कहाँ जाएगी आएगी लड़की आ लड़की नीचे आ यार अरे अरे मर जा चार हो जाएंगे मेरे किल, मर जा मर जा <laughs> मिस या। कोई नहीं नेक्स्ट राउंड देखते हैं तीन किल तो उठा के लिए आया हूँ फर्स्ट राउंड चलो अब क्या लूँ क्या ले थी थी? एक ले, ले लेता हूँ चलो कोई नहीं एक सौ ले, ले लेता हूँ गाइस जब तक बंदे नहीं मिल रहे तब तक वीडियो को लाइक कर दो यार भाई और वीडियो को शेयर करना कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में अपनी वॉइस फनी वॉइस कैसी लग रही है कॉमेडी कैसी लग रही है अपनी बताना कमेंट करके और लाइक करना ना भूले यार आप लाइक नहीं करते दिल से बुरा लगता है यार दिल से दिल से लगता है भाई आप समझ ही सकते हो चलो एक मिनट पीछे से जाके उनको थप्पा करके आते हैं छुपन छली जो खेल रहे हैं सब सब छुप जाते हैं यार वो, तू कहाँ रह गया यार आए क्यों तू लॉबी में? लोग निकल? देखो तो मैं साफ करते ही जाऊँगा चलो ये तो साफ हो गया अब दूसरों को देखते नो कर दिया मेरे दो मेरे साथ के वालों आपने लापरवाही का नतीजा और ओपीड यार हेड यार इक्यासी को ओपी वाला यार इस एड पर तो एक लाइक बनता है यार पहला प्लीज यार लाइक कर देना एक और खतम ये और आ गई है और खत्म पूरा स्क्वाट साफ चार किल के साथ ये राउंड भी समाप्त भाई लोग कर दो लाइक कर दो ओपी राउंड गया आया भाई लोग लाइक कर देना वैसे एक्समेट एक की एक्सपीरियसी बहुत अच्छी है इस एक्सेमेट की रेट ऑफ फायर भी अच्छा है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है मतलब बंदे को दौड़ते दौड़ते ऐसे फैलती है कि हेड पूछो ही ना कथे जेर वाला चलो जल्दी से रेकॉर्ड नया राउंड अपने सात किल हो चुके हैं और ले, ले लेते हैं दो तीन पेटी और बनाते हैं गेहूँ को ख़त्म करते हैं कहाँ है वो ये और बच गया कब तक बचेगा पता है एक सौ छिहत्तर का हेड भाई एक से, से लगता है यार बहुत अच्छा लगता है गाइस एक ये वाली से तो ये ये और हेड कहते ओके वाला हेड लगता है, है लगते यार मैं तो बोलता हूँ कि एक से मिनट जे वाली मज़ा आ जाएगा गेम खेलने में और जो भाई लोग मेरे वीडियो पर अभी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें शॉर्ट गन ले, ले, ले लेता हूं विचार ऐसे हो रहा है शॉर्ट गन उठा लेता हूं हो सकता है वन टेप लग जाए सोचने में क्या जाता है चलो ये राउंड भी ख़त्म करते हैं फटाक से और करते हैं चार जीरो से ख़त्म चलो सामने बंदा रह गया वो बेटा अरे लग गया लग गया अरे छुप गया सार छुप गया कोई नहीं कोई नहीं का ढूंढ के मारेंगे एक इधर आया साइज उसको ढूंढ के देखते हैं उसको फैल पेल देते पहले आ... और आ, आ, सामने से एकदम आ गया यार कोई नहीं कोई नहीं फेल देंगे फेल देंगे सॉरी गैश नहीं फैल पाया थोड़ी सी ट्रेजरी हो गई अपने साथ ही थोड़ा गलत सीन हो गया चलो कोई नहीं अपने साथ वाले थोड़े अच्छे हैं फेल देंगे वाह भाई वाह क्या है एक सौ इक्यासी यार कहते ओपी वाला है यार एक्सेमेंट में बोल रहा हूँ यार एक्सेमेंट है बहुत अच्छी वाली गन सबको मैं रिकमेंडेट करता हूँ कि आप एक से अवश्य खेलें कोई गन लेना ले ना लेमेंट अवश्य लें अच्छी है गन चलो एक बंदा और बचा है तीन बंदे अपने वो शायद ऊपर चला गया होगा भाई वो लोग ऊपर चले जाओ भाई इधर नहीं होगा वो ऊपर ही होगा शायद आप दोनों भाई जा रहे हैं आ, भाई तू भी ऊपर चला जा ऊपर ये वो भगरा साइड में साइड में लेफ्ट हाँ हो क्या सामने भाई मार देगा तू मार देगा मेरे को पता है तू मार देगा भाई नहीं मरेगा तू मार देगा भाई अरे यार जिस पे विश्वास करता वो ही नहीं मार पाया यार <laughs> चलो कोई नहीं एक और है भाई तू जिता देगा जिता देगा भाई जिता देगा भाई ओपी यार भाई जिता दे तेने लाश रख दी यार चार जीरो से जीता दिया तुमने वन आद तो में समझा कि यार चार जीरो से नहीं जीत पाऊँगा चलो कोई नहीं धन्यवाद भाई धन्यवाद और गाय वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और जो भी मेरे वीडियो पर नया आया हो वो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना यार प्लीज़ दिल से यार एक बार और दिल से यार चलो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग